गलियों में बरसाणी की गलियों में की गलियों में, की गलियों में लेकिन की गलियों में। अब क्या कर सकते हैं क्योंकि जो होना था सो जो होना था सो हो गया वृवण की गली नहीं दोनों हाथों तो से नाली की सेवा करते रहते हो धुन में <laughs> की गलियों में मेरा मेरा दिल दिल दीवाना दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में दीवाना हो गया वृद्धावन की गलियों में अच्छा ये तो बताओ मुझे कि फगवाड़े के भक्तों का दिल दीवाना हुआ या नहीं हुआ अभी मैं आप लोगों को दीवाना मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में हुण हो, हुण दीवाना हो गया ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की छ बिन कौन संभाले वाले मुझ कुछ बिन कौन संभाले ओ मेरे मोहन मुरली वाले मुझे कुछ बिन कौन संभाले मोहन वाले मुझ कुछ बिन कौन संभाले ओ मेरा चित्त चुरा के मेरा चित्त चुरा के बो गया वृंदावन की गलियों में चुना के वो गया वृंदावन की गलियों में राधे संग दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों में दर्शन हो गए राधा की गलियों ओ राधे संग दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों में राधे संग दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों ओ वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों गलियों में गलियों में हो मेरा दिल कुसुम प्रेम की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 शाम को पाना जन्म से भूली तुमको अब जा करू जानी तुमको जनम जनम से भूली तुमको अब जा जानी तुमको अब ना तुम्हें भुलाना है न मै मेरा न मै मेरा धा। धाम शाम को पाना है समाई शरण में में आई लगन मिलन की मन सुनाई प्रेम की भेंट चढ़ाना है प्रेम की भेंट चढ़ाना है नम मीरा नम मेरा राम फिर भी शाम को पाना है नहीं है।, आस तो भी नहीं है चरणों में शीश झुकाना है दोनों हाँ बोलो हाँ श्री रा राधा राधा श्री राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा रा प्रेम the... शिवराब yeah. चय सदा ही तेरा नाम राधा रा। सदा ही तेरा नाम राधा सदा ही तेरा नाम नाम भज शिवर देखिए बहुत ही सुरीले बहुत ही प्यारे बहुत ही नेक हमारे बड़े भैया प्रमोद त्रिपाठी बहुत प्यारे इंसान बहुत प्यारे सेवक श्री जी के बहुत प्यारे सहभागी परिवार आपके समक्ष आ चुके हैं एक बार जोर से जगह लखता राजा नाम भज भज्रता सुमत खोए अरे ना जाने सासों का भैया, भैयावन हो न हो इन सासों की माला पे में। सदा ही तेरा नाम सिमरू तेरा ना राम सदा ही तेरा नाम सिमरू राधा रानी अच्छा बताओ कौन कौन उनकी कृपा को सच्चे दिल से पाना चाहिए दोनों हाथ दिखा के बोलो राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी दोनों हाथ धागे बोलो मेरे सिर पे हाथ रख दो बोलो मेरे सिर पे हाथ रख दो राधा रानी सबकी सिर पे हाथ रख दो राधा रानी हम सबके सिर पे हाथ रख दो राधा रानी अरे आज हमारी बात सुन लो राधा रानी आज हमारी बात सुन लो राधा रानी अरे आज हमारी बात सुन लो राधा से नहीं सुनती हो किसी की बात दोनों हाथ भावना में भाव है तो भावना स्वीकार है भावना में भाव नहीं तो भावना गर जरा सा में भाव है तो भाई बेड़ा दोनों हाथ था आज हमारी बात सुन लो हम सबका बेड़ा पार कर दो